अरे हम हैं हैं। तो क्या हुआ दिलवाले नमस्कार। नमस्ते। देखिए छोटी गंगा बोल के हमको गंदे नाले में कुदा दिया और क्या हालत हो गई है हमारी हाँ। थोड़ा साफ पानी डाल देंगे हमारे ऊपर हाँ। तुम हम साफ हो जाएंगे हाँ। बैठे हाँ। सच्ची हाँ। क्या बात बहुत अच्छे हैं। लाइए नायक फिल्म का अनिल कपूर बना दिया हम डालिए तो गर्म पानी नहीं है क्या नहीं है नहीं है नहीं चले कोई वैसे भी दिल्ली में पानी का बहुत खिल्लत है आ, कोई तो बात है। नहीं अरे मुंसिपलिटी का पानी है कि सलाक कुएं का पानी है इतना खराज खुजली होने लगा जरा इधर खुजाइए तो आहा इधर आहा इधर थोड़ा सा आहा इधर भी इधर भी इधर हाँ, हाँ, हाँ, साफ हो गया हाँ हो गया हो गया अरे तो फिर काहे चला रही हैं भाई हैं ग्रेजुएट समझ के हमको लाइन मार रही हैं क्या और, ने, ने, अरे बें, बें।